Okay, तो आपकी वीडियोस भी अब वायरल होना चालू हो जाएंगी क्योंकि YouTube स्टूडियो ने इतना प्यारा अपडेट निकाला है कि आप सोच नहीं सकते हो तो यहां पे आप देख सकते हो अभी 10 लाख व्यूज आया हुआ है यहाँ पे 28 दिन के अंदर और यहां पे क्यों व्यूज आया है वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए यहां पर एक टैब यहाँ पे लॉन्च किया है यूट्यूब ने जिसका नाम है रिसर्च टैब ये आपको सिर्फ इसी में देखने को मिलता था फोन में भी कर दिया है यहाँ पर क्या होता है कि आपको वीडियोज में आपको देखने को मिलता था कि कौन सी वीडियोज ट्रेंड कर रही है किस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वैसी वीडियोज बनाएंगे आपकी वीडियोज भी वायरल होना चालू हो जाएंगी एंड यहाँ पर आप टॉपिक सर्च करके भी देख सकते हो कि आपका